और गैस देखिए आप लोग लोग का सुंदर सुंदर लड़की लोग सकते है पहले मैं सबसे फास्ट में, सब फास में वो वाला तो यहाँ से जाएगा अभी तो गैस देख सकते है अभी हम कॉतन को, मिल में है बाजार ये है इधर है कॉतन मिल तो हमको इधर जाना है अभी घूमने तो देख सकती है अभी अभी दिल्ली बाज़ार लगने वाला है तो थोड़ा सा हम लोग दिल्ली बाज़ार देख लीजिए तो गए इधर चार द्वार तो और हमको इधर जाना है चार द्वार में गए देख सकती है थोड़ा तो गए इस पर रेन टक बने रहिए है तो इस आप लोग देख सकती है इधर दिल्ली बाजार तो दिल्ली बाज़ार को थोड़ा तो सा देखिए आप लोग कैसा लगता है और हमको थोड़ा उधर जाना है घूमने मतलब घूमने के लिए और ब्लॉक बनाने के लिए तो भाई गए देखो तो यहाँ पे अभी 6 या सात बजे से दिल्ली बाजार लगने वाला है पूरा तो गैस दिल्ली बाजार देख सकते हैं इधर भी मच्छी बच्ची काट रहा है आंटी <laughs> <यांती। laughs> तो कैसे ये है हमारा छोटा सा दिल्ली बाजार और थोड़ा सा और कुछ दिखिए तो यहाँ से इधर से देख सकते हैं। गैस यहाँ पे मिलती है ताजा ताजा मीट जो भी मीट चाहिए मीट मच्छी सब कुछ मिलता है ये था हमारा छोटा सा दिल्ली बाजार और आगे आगे दिखिए धामाका होने वाला है धामाका विधो पर तक जरूर बने रहिए तो आगे आगे देखिए धमाका होने वाला है तो और गैस देखिए आप लोग यहाँ लोग का चंदर सुंदर लड़की लोग फिदा भाई फिदा फिदा बन गए देखिए तो हम आप लोगों को कुछ देखने जा रहा हूँ तो देखिए तो गए ये देख सकते हैं तो ये हम लोग का स्कूल है तो यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं ये रहा है, हम लोग का स्कूल तो गए देख सकते हैं हम यहीं पे पढ़ता हूँ या मैं यही से घुसते हैं मेरा रूम यहीं से वही खिड़की भी खुला है तो ये देख सकते हैं हाथ सा पहले। आसमिस में लिखा है। देख सकते हैं ये तो लोग मिला ही धोने इंडियन आर्मी जो दिया था होगा। इंडियन आर्मी जो दिया था ये हमारा स्कूल है तो पानी ऐसे निकलता है तो यहाँ में से आके है तो टैंक ये के खाती है ते पार। पार। दो। दो। आ, ये बहुत छप्पा पानी शक्ति ना ये है सोचा ले ये लड़के लोका है मुझे नहीं घुसना है और ये है लड़का लड़का नहीं देखा सकता ये, ये देख है एल स्कूल देख सकती है स्कूल का स्कूल क्या नाम है बाबू क्या नाम है तुम्हारा नमन नमन क्या शर्मा। नमन शर्मा वो ये तुम्हारा स्कूल है आप लोग देखिए ये हम लोग का चार द्वार फॉरेस्ट गेट है और यही हम लोग का चार द्वार है चार द्वार ये नदी है चार द्वार का और गैस क्या बोलेगा ना ये हम लोग का चार द्वार है ना तो ये हम लोग का मंदिर है तो यहाँ से है फॉरेस्ट गेट उदार है फॉरेस्ट गेट तो गैस इस होटल में बहुत टेस्टी टेस्टी खाने मिलता है है ना अंकल हम कभी कभी आके खाते हैं खाता कि नहीं खाता बोले तो खाता है ना नाइस ये हम लोग का चार द्वार फॉरेस्ट गेट तो या ये हम आप लोग मतलब अरुणाचल गया है तो और अरुणाचल चाहे आसम गया है तो ये रोड जरूर देखा होगा देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं ए वेलकम सी आर गेट जो भी तो ये है चार द्वार गेट बोलती है इसको यार देख सकते हैं हम लोग यहीं पे है घूमने आया था तो इसको बोलती है मेरा हिसाब से बोलती है बाजार ब्रिज तो नहीं पता मुझे क्या नाम है बोल दिया सामने में बाजार है इसलिए बाजार ब्रिज ये हम लोग का चार द्वार का मतलब चार द्वार और बालीपारा और बालूपुंग का सबसे बड़ा ब्रिज है साइड और दो ब्रिज है कौन सा वाला ज्यादा बारा है मुझे लगता है यही बारा है तो देख सकते हैं यहीं पे घूमने आया था हम लोग अभी घूमेगा प्लान बना के आया था यहीं पे तो यार गए आप लोग अरुणाचल में असम से अरुणाचल गया है तो ये रोड जरूर देखा होगा देखा ही होगा अरुणाचल में जाने का दो रोड है यहाँ से गया है तो जरूर देखा होगा ये ब्रिज याद कीजिएगा इस देख सकते है पानी और आगे में थोड़ा बारह से करके गैस देख सकते हैं नीचे नीचे में में मतलब भी घर है तो तो पूरा घर बना दिया है है तो यार देख देख सकते है है तो गैस देख सकते हैं हैं अभी हम हम लोग पे नीचे पूरा पानी है तो जो है हम लोग का थर्स बाजार नदी देख सकते हैं तो गैस, देख सकते हैं पहले मैं सबसे फास्ट में वो अलब, वो वाला वाला ब्रिज था तो अभी नया बना दिया है ऊपर में देख सकते कैसे था ओह माय गॉड तो हमें पूरा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है बैठने के लिए बहुत मस्त लग रहा है बहुत गर्म दौड़ दो दौड़ के आया ना इसलिए बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है अब गैस ने से पूरा हिल जा रहा है पूरा गिरे जैसे लग रहा है पूरा है लड़की चला गया यार बहुत क्यूट था देख देख के गया <laughs> यूट्यूबर क्या ये बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है मुझसे भी बहुत ज्यादा तो देखिए ब्लॉग हम दोनों अभी यूट्यूबर यूट्यूबर यूट्यूबर वाला अच्छा अच्छा उतर बहुत अच्छा ओ, क्या <laughs> तो हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते और ये चार दौर का है हम बालूपुंग का है तो अभी हम चार दौर में बैठा है इसलिए इसको बुला के लाया क्योंकि ये जगह के बारे में इतना ज्यादा मुझे इतना अच्छा से पता नहीं है इसलिए इसको बुला के लाया चल आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए जितना भी है तो थैंक यू तो गए अभी हम लोग नीचे में जाके देख देखने वाला हो थोड़ा सा और नीचे में वह वा, वहाँ से घूम के जाएंगे ना हम लोग वहाँ से वैसे घूम के नीचे से आएंगे तो देखिए तो गए अभी यहाँ से नीचे जाने वाला है यहाँ से और उधर से वहाँ से हम लोग जाएगा अभी। लो तो लग है मैंने धीरे धीरे चलो सकते जैसे गिनने से मेरा मोबाइल भी खत्म जगह डर लग रहा है हमको बहुत ज्यादा हिल रहे अबे नीचे जाना पड़ेगा okay. मेरा मेरा पिताजी पिताजी तो देखा रहे हमको <laughs> मत देखो मेरा कर दिया था मैंने का के. तो, तो आप लोग। जो इससे पसंद मोबाइल लेना उधर उधर से जाएगा ना देख सकते तो हैं तो गए ऊपर तो में है ब्रीस तो हम लोग वहां से नीचे आ गया है क्या बोलेगा ना ऊपर से आधे लोग देख देख के हम लोग है हम लोग ऊपर से पागल बल ना चिल्ला चिल्ला के जा रहे रखे और भैया जी क्या हाल है अभी देखा भी नहीं अभी जाती गजब भी जती है ना वहां से बहुत डर-डर के आया है तो यसु वो से फाइनल बुरा दर दर के वहां से आया देख सकती है नहीं लेने का ऐसा कभी नहीं नहीं लेने पार करके आश्वारी ला। आश्वारी ला। हम लोग तो ऐसा का मुझे भी पस्ता है। लेके <laughs> तो नीचे गिरने से मेरा फोन गिर जाने से हम क्या करेंगे गरीब आदमी किधर से वे रास्ता कहा से घुमा के लेके आया हमको रास्ता ही बोल के बोले गिर रास्ता यहीस नहीं वे बदल गया हम लोग का बुधवार पहुंच गया है ऊपर से ऊपर से पहुंच गया है हम लोग नीचे में आ था बे तो फाइनली ना हमको इतना देर से घुमा के लाया है दोस्त क्या बोलेगा ना हम रोड वापस पहुंच गया है, है रोड तो क्या बोलेगा ना मेरा दोस्त तो कहाँ से घुमा के लाया देखा रहा वो आप लोग से जाके यहाँ से घूम के यहाँ से सुबह से और इधर से, से लेके गया इधर से लेके जाकर इधर से निकला देख सकते इधर से निकल के वहाँ से घूम के वहाँ से उसे आया वापस ये जगह मैं